तो हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं एम आर जे टच चैनल तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि पे ऑर्डर कैंसिल कैसे करें तो पे ऑर्डर कैंसिल करने के लिए आप लोग को सिंपली अपने मोबाइल पे चले जाना है तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे तो आप लोग को इधर साइड में मोबाइल स्क्रीन दिख रहा होगा तो, हेलो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आज हम जाने के ऑर्डर किए हुए सामान को कैंसिल कैसे करें तो है? कैंसिल करने के थी। लिए यहां पे थी पे फॉटो पे क्लिक कराएंगे क्लिक करने के बाद आप आप लोग को माय ऑर्डर पे चले जाए माई ऑर्डर पे जाने के बाद आप लोग को जो भी आप लोग सामान ऑर्डर किए होंगे वो आप लोग को सामान आ जाएगा मैंने एक ई एम से माई ऑर्डर किया था जो चौदह तारीख को किया है इससे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे इस्क्रॉल करना है नीचे इसक्रॉल करना है मैं यहाँ देख सकते हैं कैंसिल लिखा हो उस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप लोग को एक रीज़न देना पड़ेगा कि आप लोग इसे किस वजह से कैंसिल कर रहे हैं तो आप लोग उसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकें और कोई भी एक च्इस कर सकते हैं कहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो और उसके बाद एक च्वाइस करने के बाद आप लोग को एक छोटा सा मैसेज करना पड़ेगा तो रीज़न सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को नीचे एक मैसेज का दिया हुआ होगा उस पर टाइप करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एम सॉरी तो इस पर कर देना सबमिट करने के बाद ऑर्डर कैंसिल पे चले जाना ऑर्डर कैंसिल कर तो आप पे देख सकते हैं ऑर्डर कैंसिल हो गया तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि ऑर्डर कैंसिल कैसे किया जाता है तो जाइए आप लोग ऑर्डर कैंसिल कर लीजिए आपको तो वीडियो समझ रहे होंगे